हेलो एवरी वन वैस वेलकम टू माय धर्म गुरु इसी यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी कैसे हैं आई होप आप सभी ठीक होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान से संबंधित ट्वेंटी इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में आपको बताऊंगा तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप धर्म गुरु इसी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल वाले आइकन को दबाना ना भूलें तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे आंसर श्री क्वेश्चन नंबर सेकंड राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे आंसर श्री सरदार गुरमुख निहाल सिंह जी क्वेश्चन नंबर थर्ड राजस्थान का राजकीय पेड़ कौन सा है खेजड़ी। क्वेश्चन नंबर फोर राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है आंसर तीन लाख बयालीस हजार दो सौ उनचालीस वर्ग किलोमीटर क्वेश्चन नंबर फाइव राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है आंसर जयपुर क्वेश्चन नंबर सिक्स राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है आंसर घूमर क्वेश्चन नंबर सेवन राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी है 25। क्वेश्चन नंबर राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 10। क्वेश्चन नंबर राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है आंसर कुरुशिकर क्वेश्चन नंबर टेंथ महिरोदीन चिस्टी की तरह कहा है आंसर अजमेर क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ राजस्थान में कौन से क्षेत्र में तांबे की खान है Answer, मकराना खेतड़ी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है Answer, सांभर. 13, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है आंसर जय समुदर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है आंसर पुष्कर क्वेश्चन नंबर 15 इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ कब हुआ था आंसर 31 मार्च उन्नीस क्वेश्चन नंबर 16 रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कौन सा है आंसर खेजड़ी क्वेश्चन नंबर 17 राजस्थान में सो दीपो का शहर किसे कहते हैं आंसर बासवाड़ा क्वेश्चन नंबर 18 राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है आंसर क्वेश्चन नंबर 19 राजस्थान में स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है आंसर जैसलमेर और क्वेश्चन नंबर 20 जो की हमारा एंड क्वेश्चन है राजस्थान का अन्न भंडार किसे कहा जाता है इसका आंसर है श्री गंगानगर दोस्तों आज का यही तक है तब तक के लिए बाय बाय